गोल्डन वर्ड्स बाई साडे गुरु जी गुरुआ न चिट्ठी नहीं लिख दी खुश रहा कर जो होएगा अच्छा होएगा गुरु कहते हैं गुरु को कभी चिट्ठी नहीं लिखनी चाहिए हमेशा खुश रहा करो जो होगा वो अच्छा ही होगा